क्या जो जो भी भी होगा होगा देखा देखा जाएगा जाएगा क्या मरियम है मरिया नजरिया हर पत्ता मेरी कमर याँ बोल है हर तिरछी नजर याँ बोल है एक बार कहता हूँ